हेलो गाइस वेलकम बैक टू सुसोनी सोनिज चैनल आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जा रहा हूं कि आप कैसे एम मा, आई फ़ोन में गैलरी में से अपना फ़ोटो एडिट कर सकते हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गैलरी में जाएंगे उसके बाद हम एक फ़ोटो को चूज़ करेंगे अब हम इन हम हमें इस फोटो को एडिट करने का है तो स, हम एडिट मोड में जाएंगे उसमें सबसे पहले हम अपनी ब्यूटी ब्यूटिफाई कितना दिखना है उसके लिए हम चूज करेंगे इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको फूड लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड में आपको जिसमें पसंद है उसमें आप एडिट कर सकते हो तो चलो अब हम पोर्ट्रेट मोड में एडिट करते हैं और हो जाने के बाद इसको येस अब फोटो को थोड़ा क्रॉप कर देंगे इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे लेकिन हम अपनी पसंद का ही चूज करेंगे पीछे से थोड़ा बैकग्राउंड निकाल देने का साइड में से थोड़ा और ये हो गया अब हम इस फोटो को थोड़ा फिल्टर कर देंगे इसमें भी आपको तीन ऑप्शन मिल चार ऑप्शन मिलते हैं लैंडस्केप पोर्ट्रेट फूड और फिल्म आपको जिसमें पसंद हो उसमें आप कर सकते हैं सबसे पहले हम लैंडस्केप में देखते हैं कि उसमें क्या है इसमें आपको विविड एम्योर सन रिफ्लेक्शन न्योन सिटी लोमो मिस्ट ऐसे ऑप्शन मिलते हैं पोर्ट्रेट में नेचुरल फ्लैश फ्रेश ब्लश किड्स रोमेंटिक इमोशनल मेज़ मिंट जैसे ऑप्शन मिलते फूड में आपको कूकीज़ सोडा लेट कॉर्नेट बीबीक्यू क्यू मिन्ट्स बार ग्रेन्स फ्रूट और कैंडी जैसे ऑप्शन फिल्म में आपको फिल्म काम पॉइट यू टाइम ग्रे ब्लैक एंड व्हाइट और फेड जैसे आपको मोड दिखाई दे रहे तो हम सबसे पहले पोर्ट्रेट मोड से ब्लश का ब्लश ये चूज़ करेंगे ठीक है और ये हो जाने के बाद येस अब आपको पसंद हो तो स्टिकर भी डाल सकते हैं। इसमें एमआई ने बहुत ही अच्छे अच्छे स्टिकर्स इस बार डाले हैं जिसमें बहुत अपनी पसंद के आप ले सकते हैं। इसमें मास्क भी है एक्सेसरीज में आप देख सकते हैं तो जो लड़की को करने का होता है वैसे सब हैं और बेड है इसमें सब पागड़ी हेलमेट गूगल्स ऐसे ऐसे हैं और आपको चूज करना है तो कर सकते हैं मैं इस बार नहीं ले रहा हूँ अब हम डूडल डूडल में जाएंगे डूडल में आपको ऐसे एरो राउंड स्क्वायर लाइन जैसे ऑप्शन मिलते हैं हम एरो को चूज करेंगे और इसमें बहुत सारे ऑप्शन ऑप्शन मिल गए कलर के अब हम इस पे ऐसे करेंगे देख देखा आपने कि कितना कितने अच्छे से ये हो गया ये देखे बहुत ही अच्छा हम इसको भी डिलीट कर देंगे क्योंकि ये इतने अच्छे काम में नहीं आता अगर आपको पोस्टर बनाने का होता है तो उसमें ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से काम आ सकता है अब हम टैक्स इसमें टैक्स का भी ऑप्शन एमआई ने इस बार रखा है जिसमें बहुत ही अच्छे सा बहुत ही अच्छे ऑप्शन है देखिए अगर आप किसी से आ, किसी से आपको बातचीत करनी है पोस्टर के लिए तो इसमें देखिए आपको ऑप्शन मिलते हैं ये ऐसे हाय वैसे आप लिख सकते हैं लेकिन मैं इस बार नहीं ले रहा हूं अब हम एडजस्ट मोड में जाएंगे उसमें आपको ब्राइटनेस शार्प एंड कॉन्स्ट्रेट स्वेट्र विग्नेट के ऑप्शन मिलते हैं सबसे पहले ब्राइटनेस वो हम थोड़ी बढ़ा देंगे शार्पनर वो भी थोड़ा कंट्रास्ट इसमें कंट्रास्ट आप घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। देखिए आपको इधर ऊपर नंबरिंग दिख रही होगी कि आपने कितने कंट्रास्ट में ये किया है हम कंट्रास्ट थोड़ा ज़्यादा रखेंगे और श्टन इसमें भी आपको इस ऑप्शन मिलेंगे और विडनेस ये देखिए आपको अब आपकी फ़ोटो छा जाएगी ये करते और इस बार सबसे नया फीचर जो एम ने एड किया है वो है मौसिक इसमें बहुत सारे देखिए सबसे पहले हम दिल वाला ये करते हैं अब इसमें देख देखिए आपको कितने कितने तरीके से आपको रखना है वो देख सकते हैं देखो इतने बड़ा छोटा सबसे छोटा ये है इस हम मीडियम साइज का रखेंगे और देखिए इधर ऐसे करने से सब आ आ जाते हैं लेकिन हम नहीं रखते क्योंकि इसमें फ़ोटो थोड़ी बिगड़ जाती है और अब ऐसे ही करके आप दूसरा फोटो भी अपना एडिट कर सकते हैं इसमें देखिए सब ऊपर देख रहा है कि आपका ओरिजिनल फ़ोटो क्या था ये देखिए ये हमारा ओरिजिनल फोटो था और ये हमारा एडिट किया गया फ़ोटो है तो ये एम द्वारा की गया सबसे अच्छा कह सकते हो वैसा है तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और फिर से मिलेंगे हमारे दूसरे नए वीडियो के साथ